बी के पूर्व विधायक ने सरेंडर की 100 करोड़ की अघोषित आय चार दिन तक चली मित्रों आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो खबर आपने शायद किसी चैनल पर देखी होगी आज इन पब्लिक भारत ऐसी खबर आपको दिखाएगा पूरी खबर को देखिए जानकारियां मिली है मीट निर्यात के लिए एच ग्रुप ने मुखौटा कंपनियों के जरिए भुगतान किए और गरीब कर्मचारियों के बैंक खाते खुलवा कर उनमें करोड़ रूपए का लेन किया है बसपा के पूर्व विधायक और मीट निर्यातक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के एच ग्रुप ने मंगलवार रात आयकर विभाग के सामने 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय सरेंडर कर दी शनिवार सुबह से आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा की गई छापेमारी मंगलवार रात 11 बजे तक चली 88 घंटे तक देश के पाँच राज्यों में 12 शहरों के 35 ठिकानों पर 180 से ज्यादा आयकर अधिकारियों और पैरामिलिट्री फोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया आयकर विभाग की यह दूसरी बड़ी कामयाबी है चार साल पहले आगरा के बीएनआर ग्रुप पर छापे में एक करोड़ रुपए की अघोषित आय सरेंडर की गई थी देश का तीसरे नंबर के मीट निर्यातक ग्रुप एचएमए का 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और 40 देशों में फ्रोजन मीट का निर्यात होता है आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितता देखकर शनिवार सुबह एक साथ दिल्ली मुंबई गाजियाबाद कानपुर उन्नाव चंडीगढ़ मेरठ रायपुर आगरा सहित बारह शहरों में पैतीस ठिकानों की जाँच की आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितता देखकर शनिवार सुबह एक साथ दिल्ली मुंबई गाजियाबाद कानपुर उन्नाव चंडीगढ़ मेरठ रायपुर आगरा सहित 12 शहरों में 35 ठिकानों की जांच की आगरा में एमजी रोड पर गलौरी प्लाजा ताजगंध शहीद नगर विभव नगर कुबेरपुर आदि क्षेत्र के 18 ठिकानों पर आयकर की टीम ने कार्रवाई मंगलवार रात ग्यारह बजे तक पूरी की विभाग के एक स्वास्थ्य अफसरों की टीम ने पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ इन ठिकानों आरोप कार्रवाई को अंजाम दिया देर रात इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए कागजात लैपटॉप मोबाइल आदि के विवरण की जांच चलती रहेगी इसके आधार पर आमदनी के दायरे की पड़ताल होगी अतिरिक्त आय मिलने आरोप ग्रुप ऐसी और ज्यादा टैक्स वसूला जा सकता है इसके साथ ही ग्रुप ऐसी सम्बन्ध रखने वाले सप्लायरों का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है इसरा जैसे चौदह बैंक खातों को मिला है ब्यौरा जाँच शाखा की कार्रवाई में पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ग्रुप से मिले रिकॉर्ड में पता चला कि इसरार अहमद जैसे कंपनी के कर्मी के नाम से तैयार किया गया फर्जी वेंडर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों है आगरा में ही ऐसे चौदह रिकॉर्ड संदिग्ध मिले हैं कई जगहों से काफी नकदी विभाग को मिली है जिसका सोर्स नहीं बताया गया है इसके साथ ही गैर भाजपा शासित राज्यों में रियल स्टेट में निवेश के कागजात भी मिले हैं नब्बे घंटे बाद खत्म हुई आयकर विभाग के रेड एच ग्रुप की सौ करोड़ के अघोषित आई सिलेंडर आगरा के एच ग्रुप के कार्यालय कुबेरपुर स्थित इस हाउस विभवनगर स्थित पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के आवास संजय पैलेस स्थित कार्यालय सहित बारह जगहों पर टीम ने छापा मार कार्रवाई को अंजाम दिया था मंगलवार की रात यह रेड समाप्त हुई जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी तमाम दस्तावेजों के साथ रवाना हो गए शनिवार सुबह नौ बजे आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की थी रेड में आयकर विभाग को कई चौकाने वाले सबूत मिले हैं माना जा रहा है कि रेड के बाद एच ग्रुप पर शिकंजा कसा जा सकता है ताजनगरी आगरा के सबसे बड़े मीट कारोबारी एच ग्रुप के ठिकानों पर पड़े आयकर विभाग का छापा करीब 90 घंटे के बाद समाप्त हो गई है इस रेड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं इतना ही नहीं आयकर विभाग ने एच एम ग्रुप की सौ करोड़ की अघोषित आय भी सरेंडर की है बता दें ग्रुप के द्वारा मीट का बड़ा कारोबार देश और विदेश के किया जाता है शनिवार की सुबह करीब नौ बजे इनकम टैक्स की टीम ने आगरा सहित अन्य शहरों में ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा था आगरा में एच के करीब 18 ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी छापे मार कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे आगरा में एच ग्रुप के कार्यालय कुबेरपुर स्थित स्लाटर हाउस वैभव नगर स्थित पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के आवास संजय पैलेस स्थित कार्यालय सहित बारह जगहों पर टीम ने छापा मार कार्रवाई को अंजाम दिया था मंगलवार की रात यह रेड समाप्त हुई जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी तमाम दस्तावेजों के साथ रवाना हो गए आयकर विभाग के 150 अधिकारियों और कर्मचारियों की 5 नवंबर को शुरू हुई यह रेड 8 नवंबर के रात पूरी हुई एच ग्रुप द्वारा सौ करोड़ के अवघोषित आयकर सरेंडर किया गया है इस पर आयकर विभाग की टीम टैक्स वसूलेगी सूत्रों के मुताबिक आगरा में आयकर विभाग के सर्च में कुछ दैनिक वेतन भोगी यानी जिन्हें हर रोज काम करने पर पैसे दिए जाते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है उनके अकाउंट से करोड़ों का लेन देन किए जाने का मामला सामने आया है ऐसे खबरों को देखने के लिए इन पब्लिक भारत से जुड़े रहिए आप देख रहे थे इन पब्लिक भारत इन पब्लिक भारत को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद